जय hey, हाय का स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग करने जाएँ नॉइस की कलर फिट पल्स वॉच तो ये इसका बॉक्स है यहाँ पे लिखा डिज़ाइन इन इंडिया यहाँ पे ऐसे कुछ की हाईट लिखा है जैसे तो कि 1.4 पॉइंट टच स्क्रीन डिस्प्ले मल्टी स्पोर्ट्स मोड टेन डे बैटरी लाइफ ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर ट्वेंटी फाइव हाइड्रेड मोनीटर एन आई पी सिक्सटी तो बिना कि अनबॉक्सिंग करते तो यह हमें फर्स्ट थिंग मिल जाती है वारंटी कार्ड तो यहाँ से आप अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हो यहाँ पर हमें मिल जाते कुछ स्टिकर आप इन्हें चाहो तो यूज़ कर सकते हो और तो बॉक्स में ये हमें मिल जाती है हमारी एक्चुअल वॉच नॉइस की कलर फिट पल्स तो चलिए एक इसको निकालते हैं तो एक बार इसको रखते साइड में देखते हैं मैं कंटेंट में क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमें मिल जाता है मैग्नेटिक चार्जर जो आजकल सारे वॉच में मिल रहा है तो ये इसका चार्जर तो देखते हो और हमें क्या मिलता है बॉक्स में तो यहाँ पर हमें मिल जाती है यूज़र मैनुअल तो इसे इस तम, देख के आप इसे वॉच को इस्तेमाल कर सकते सो so गायज़ ये वॉच कुछ आपको ऐसे तरह से देखने को मिल जाती है काफ़ी अच्छी वॉच लगी मुझे पर्सनली यूज़ करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये ले सकते होगा अगर आपका बजट 2500 थाउजेंड फाइव तो यहाँ पे कुछ आपकी ये इसके ऐसे इंटरफेस देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे इसके लुक्स मिलेगी अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन कॉल कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में